मैनेजमेंट हमारा टॉपिक है कैश मैनेजमेंट में हमारे पास दो चीजें हैं एक तो है कैश बजट और दूसरा है कैश मैनेजमेंट मॉडल्स सबसे पहले हम बात करेंगे कैश बजट के ऊपर कैश बजट इज बेसिकली प्लानिंग कंपनी ये प्लान कर रही होती है कि उसके पास फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिसीट्स क्या आ सकती हैं और एक्सपेक्टेड पेमेंट्स क्या हो सकती हैं कंपनी so, अपनी कैश बजट के अंदर प्लानिंग करती है कि उसके पास अगले कुछ टाइम पीरियड में अंदर कितनी रिसीट्स आ रही हैं और कित, कितनी पेमेंट्स जाएंगी उसके पास इस प्लानिंग का फायदा ये होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि अगले छह महीने में फॉर एग्जांपल हमारे पास या तो सरप्लस कैश पड़ा हुआ होगा या फिर हमारे पास डेफिसिट आ रहा होगा सरप्लस कैश कब आएगा जब हमारी रिसीट्स कैश इनफ्लो हमारी पेमेंट से ज्यादा हो और डेफिसिट कब आएगा जब हमारी रिसीट्स हमारी पेमेंट्स से कम होते बेसिकली so इनफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है इनफ्लो ज्यादा है नेट इनफ्लो और ये आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटफ्लो ज्यादा अच्छा सरप्लस कैश आएगा तो हम एक डिसीजन लेते हैं वेयर टू इन्वेस्ट सरप्लस कैश का हम क्या करेंगे हम उसको आगे जाके डिपॉजिट कर देते हैं और डिपॉजिट करेंगे तो वहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा और अगर डेफिसिट आ रहा होता है तो हमें फिर डिसीजन लेना होता है फ्रॉम वेर टू बोरो हमें फंड्स चाहिए वो फंड्स हम कहा से लें जैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर नेगेटिव पॉजिटिव uh, आ रही है तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए फंड्स लेने पड़ते हैं तो ज्यादातर हम वो फंड कहाँ से ले रहे होते हैं पहले डिस्कस किया ओवर तो ये प्लानिंग करने के लिए हम क्या करते हैं इस प्लानिंग के लिए हम कैश बजट बनाते हैं अब ब, कैश बजट बनाने का एक फॉर्मेट है फॉर एग्जाम्पल मुझे बजट बनाना है से सपोजनवरी के लिए फेबर के लिए और मार्च के लिए तीन महीने का मुझे बजट बनाना है तो यहाँ पर मैं पहले लूंगा इस फॉर्मेट में पहले दिखाऊंगा रिसीट्स सही? है? और उसके बाद नीचे दिखाऊँगा अपनी तमाम पेमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल पहली मेरे पास आ गई कैश सेल्स अब जिस महीने में एक्सपेक्टेड कैश सेल्स होंगी उस महीने में लिख दूंगा फॉर एग्जांपल ये मेरी एक्सपेक्टेड कैश सेल्स अच्छा कैश सेल्स क्या होती है जिस महीने में सेल्स होती है उसी महीने में कैश रिसीव हो जाता है फॉरन इमीजिएट अच्छा क्रेडिट सेल्स जो होती है उसमें क्या होता है हमें जो कैश रिसीव होता है वो इमिजिएटली रिसीव नहीं होता तो हमने जो भी क्रेडिट सेल्स की उन क्रेडिट सेल्स से हमने आइडेंटिफाई किया कि जनवरी के अंदर हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा फेब के अंदर हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा मार्च में हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा ठीक है और ये हमारे पास टोटल uh, आ गया फॉर एग्जाम्पल कि हमारी टोटल रिसीट्स जनवरी में है फोर्टी थाउजेंड एंड नाइन्टी ये हमारी इस तीन महीने की जो एक्सपेक्टेड है जनवरी फरवरी मार्च की रिसीट्स आ गई तो हमने कहा कि ये हमारी टोटल रिसीट्स हो अगर और कोई भी रिसीट्स होंगी तो वो भी इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे तमाम रिसीट्स इनफ्लो उसके बाद हम पेमेंट्स पर गए तो हमने यहाँ पर चेक किया अपनी पेमेंट्स को तो एक पेमेंट आ रही थी कैश परचेज तो कैश परचेज हमने यहाँ पर ले ली उसके बाद क्रेडिट uh, परचेजेस के अगेंस्ट कैश पेड टू सप्लायर कब कब हमें सप्लायर को कैश पे करना है वो हमने यहाँ पर ले लिया ये हमारे आउटफ्लो चल हैं ठीक uh, है उसके साथ फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीन खरीदनी है उसके अगेंस्ट हमारी पेमेंट होगी फॉर एग्जांपल टेन थाउजेंड जिस महीने के अंदर पेमेंट होगी वो हमने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हमें टैक्स पे करना है टैक्स पेमेंट जिस महीने में हमारा टैक्स जाएगा वो टैक्स हमने यहाँ से माइनस कर दिया तो तमाम पेमेंट्स जो भी रेलेवेंट मंथ में पेमेंट फॉल होगी वो उस रेलेवेंट मंथ में डालने के बाद हमने क्या किया हमने पेमेंट का टोटल किया तो यह आ गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ये टोटल पेमेंट्स है। पेमेंट्स हैं। हमने रिसीट्स और तो उसने तो, वा, okay. तो अब हम क्या करेंगे अब हम ये करेंगे कि इसके टोटल को जो है ना वो नेट ऑफ करेंगे नेट ऑफ करने का मतलब नेट ऑफ करने का मतलब है हम ये पोड़ी देखेंगे पोड़ी। हाँ कि रिसीट्स और पेमेंट में हमारे पास <coughs> टोटल नेट ऑफ करने के बाद या तो रिसीट ज्यादा आ जाएगी या पेमेंट ज्यादा आ जाएगी ठीक है अगर रिसीट ज्यादा आएगी तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा अगर पेमेंट ज्यादा आ जाएगी तो आंसर हमारा निगेटिव के अंदर आ जाएगा या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आ होगा ठीक है तो इस तरह हम पहले टोटल कर लेते हैं कि रिसीट कितनी है और पेमेंट्स कितनी है और फिर आगे वर्किंग करते हैं इसके। तो दूसरी चीज क्या होगी रिसीट्स ओवर पेमेंट्स तो रिसीट्स कितनी है फोर्टी थाउजेंड की पेमेंट से पच्चीस हजार की तो नेट रिसीट्स कितनी हुई पंद्रह हजार की सिक्सटी माइनस ट्वेंटी 37, 000. 37, 000 की नेट हो हो गई और में में से 25, तो 60. 65, ये नेट रिसीट्स, तीनों रिसीट्स आ रही ज़्यादा है तो के है है है कम अच्छा उसके बाद हमने डालना है इसमें में भी हो सकता है। के जनवरी का करेंगे तो क्योंकि का पहला बजट बन रहा है तो जनवरी के बिगिनिंग में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था वो देखना है है ऊपर ना ये जो कुछ होगा वो जनवरी के फर्स्ट डेट ऊपर होगा सवाल में दिया हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग रखा हुआ है पांच हजार का ठीक है तो पंद्रह हजार हमारे पास इस महीने आया पाँच हजार पहले से रखा हुआ था हमारे तो पास क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा कैश एट एंड कितना हो जाएगा बीस हजार बीस हजार दोनों पॉजिटिव है ना ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है. अगर कोई निगेटिव होता तो प्लस माइनस होता ना तो बिगनिंग में हमारे पास पांच हजार पड़ा हुआ था इस महीने जनवरी में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या आएगा बजट से हमें कितना पता लगा बजट से हमें पता लगा कि जनवरी के महीने के अंदर हमारे पास सरप्लस आएगा वो सरप्लस इसमें प्लस हो गया अच्छा अब फरवरी के महीने का ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो जो क्लोजिंग बैलेंस है ना जनवरी का ये वाला ये फरवरी के लिए क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा यहां आ गया अब टोटल कितना हो गया ये फरवरी का एंडिंग बैलेंस आ गया फरवरी का जो एंडिंग बैलेंस होगा वो मार्च के लिए क्या होगा ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर लें इसको प्लस करें कितना बैलेंस आता है उजेंड यानी कि ये बजट हमें ये बता रहा है कि हमारा जो अगला महीना आएगा जनवरी का उसके बाद जो फेब का महीना आएगा उसके बाद जो मार्च का महीना आएगा उसमें हमारे पास सरप्लस मौजूद होगा बीस हजार जनवरी के महीने में फरवरी में फिफ्टी सेवन थाउजेंड और मार्च के महीने में वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड तो सरप्लस आने का मतलब कि कंपनी अच्छी है और जब कंपनी के पास सरप्लस होगा तो वह सरप्लस कंपनी अपने पास तो नहीं रखेगी सरप्लस के बारे में कंपनी क्या करती है ये बात करती है है टू इन्वेस्ट सही पर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए अब एग्जाम में जो रिसीट्स और पेमेंट्स में जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना अगर कोई सवाल बनता है तो उसके अंदर क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट रिसीट निकालने में प्रॉब्लम होती है। जब हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं किसी भी कस्टमर को तो हमने डेटर्स मैनेजमेंट में पढ़ा था हम उसे एक क्रेडिट पीरियड असाइन करते हैं। किसी को तीस दिन का असाइन करते हैं किसी को साठ दिन का असाइन करते हैं किसी को नाइन्टी डेज का पीरियड असाइन करते हैं तो अब एग्जाम में जब हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि क्रेडिट सेल्स से कितना कैश रिसीव होगा तो उसके लिए हमारे पास सेल्स होनी चाहिए और पॉलिसी होनी चाहिए मसलन फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि दिसंबर में हमारी क्रेडिट सेल्स थी फॉर एग्जांपल, वन हंड्रेड थाउजेंड और जनवरी में हमारी क्रेडिट सेल्स थी फॉर एग्जाम्पल वन और फैब के अंदर हमारी क्रेडिट सेल्स थी फॉर एग्जाम्पल टू हंड्रेड थाउजेंड अब जिस महीने के अंदर क्रेडिट सेल्स हुई है obviously पैसा उस महीने में तो नहीं आएगा क्योंकि तो क्रेडिट का मतलब उधार तो हमें देखना पड़ेगा कि दिसंबर की जो सेल्स है एक लाख की उससे कैश कब रिसीव होगा तो हमने ऊपर पॉलिसी को रेफर किया कुछ कस्टमर थर्टी डेज में पे करेंगे कुछ कस्टमर सिक्सटी डेज में पे करेंगे कुछ कस्टमर जो है वो 90 डेज के अंदर पे करेंगे। तो ये पता होना चाहिए कितने 30 के अंदर पे करेंगे। महीने। 30 का मतलब कस्टमर मतलब मतलब मतलब मतलब अच्छा, साठ दिन में पे करेंगे और ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कस्टमर नाइनटी डेज में पे करेंगे इसका मतलब है जिस महीने में सेल्स होगी उस महीने का जो कैश रिसीव होगा वो कुछ एक महीने में रिसीव होगा कुछ दो महीने में रिसीव होगा और कुछ तीन महीने के अंदर रिसीव होगा सही तो ये जो दिसंबर वाली सेल्स हैं इसका कैश कब रिसीव होगा हो जाएगा जनवरी में कितना रिसीव होगा कितना बनेगा थाउजेंड सहीसेंट हजार और मार्च में रिमेनिंग बीस परसेंट हमें एग्जाम में इस तरह से क्रेडिट सेल्स बताई जाएंगी और क्रेडिट सेल्स के बाद उसका रेलेवेंट पीरियड क्रेडिट पीरियड बताया जाएगा तो हमें निकालना हमें निकालना होगा कि कितने कस्टमर कब करेंगे और फिर हम इसको आगे कैश बजट के अंदर को अब जैसे जनवरी की बात कर लें जनवरी की क्रेडिट सेल्स कितनी है एक पचास इसका एक पचास का फिफ्टी परसेंट कब रिसीव होगा के अंदर थर्टी परसेंट कब रिसीव होगा मार्च के अंदर और बीस परसेंट कब रिसीव होगा अप्रैल के सही अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि फैब के महीने का बताएं कितना कलेक्शन होगी तो फैब के महीने में हमारी एक ये कलेक्शन हो रही है फैफ के महीने में हमारी ये कलेक्शन हो रही है. तो टोटल कलेक्शन फैब में कितनी होगी कस्टमर है फैब में हमारे पास आएगा तीस हजार और सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो हम कहेंगे फैब की कलेक्शन कितनी होगी एक लाख पांच हजार सही अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं Let's see this example the example dekhen the forecast sales of an entity rs follows january feb march sales march april ye isne sales batayi nahi aur maine nahi pata ki ye credit sales hain ya whatever jo bhi all sales are on credit And receivables tends to pay in the following pattern. Receivables will pay in the month of sales. In month of sales, का मतलब होता है जिस महीने के अंदर sales हुई उस महीने में ten percent. अगले महीने के अंदर forty percent. Two months के बाद forty five percent. क्या ये hundred percent बना? इन सबको ना।, uh, ना भी बताया जाएंगे पाँच परसेंट कलेक्ट नहीं हुआ सही जो कलेक्ट नहीं होता वो कहां जाता है डेट्स डेट्स के अंदर सही है का मतलब वो अमाउंट जो हमें कलेक्ट नहीं हुआ वो डेट्स में कहा जाता है, सही है? अब अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम वर्कआउट करते हैं कैलकुलेशन अपनी तो किस महीने का निकालना है अप्रैल का निकालना है ठीक है और ये पॉलिसी है हमारी पॉलिसी और अप्रैल का निकालना इन है मंथ ऑफ सेल का मतलब है उसी महीने में इन मंथ आफ्टर सेल्स एक महीने के अंदर टू मंथ्स आफ्टर सेल्स सही है तो हम से स्टार्ट ले हम स्टार्ट लेते हैं अप्रैल के लिए स्टार्ट लेते हैं फेब से अगर जनवरी से स्टार्ट ले तो जनवरी का दस जनवरी में आएगा जनवरी का फोर्टी परसेंट फैप के अंदर आएगा और जनवरी का फोर्टी फाइव परसेंट मार्च में आएगा तो जनवरी तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहा सही है फेब से स्टार्ट करते हैं फेब फेब का 10 FAP में आएगा तो हमसे रेलेवेंट नहीं है मार्च में फोर्टी परसेंट आएगा वो भी हमें नहीं चाहिए अप्रैल में कितना आएगा फैप का अप्रैल तो के अंदर आएगा ये टेन तो मार्च में आएगा फोर्टी सॉरी, फेब में आएगा फोर्टी परसेंट मार्च में आएगा फोर्टी फाइव परसेंट अप्रैल में आएगा तो so, हमने कहा का 45 निकाल ले सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड चाहिए अच्छा ये कवर हो गया अब मार्च का मार्च का टेन परसेंट मार्च में और मार्च का फोर्टी परसेंट अप्रैल में आएगा कितना हुआ हंड्रेड सही है उसके बाद अप्रैल पे आ जाए अप्रैल का टेन परसेंट अप्रैल में आएगा तीनों को प्लस कर लें फाइव थाउजेंड 700. ,700. ये अप्रैल की रिसीट्स आ गई जो कि क्रेडिट सेल से हमें जनरेट हुई सही आगे आते हैं एक और सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर this is the question a business has estimated that 10% of its sales will be cash and the remainder credit sales iska kya matlab hua iska matlab hai jis mahine mein bhi sales hoti hai uska 10% cash sales hota hai aur 90% jo hota hai na wo credit sales mein chala jata hai to october ke andar jo sales hui hai एटी थाउजेंड का ब्रेकअप क्या होगा इस एटी थाउजेंड का ब्रेकअप होगा टेन परसेंट कैश सेल्स होगी और नाइनटी परसेंट जो होगी वो क्या होगी वो क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी सही अच्छा कैश सेल्स तो उसी महीने में रिसीव होगी ना सही अच्छा क्रेडिट सेल्स के लिए जो पॉलिसी हमें बताई हुई पॉलिसी क्या है इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% of the customer will pay in 1 month after sales 30% will pay 2 months after sale and 15% will pay 3 months after sale and 5% will be bad debt vaisi sawal hai total sales are as follows october november december january feb march kyunki 3 mahine tak ja raha hai na to october wala november me pay karega fir december me pay karega fir january me pay karega सही इसी तरह मार्च वाला अप्रैल के अंदर मार्च में पे करेगा कुछ फिर अप्रैल में फिर मई में, में और फिर जून के अंदर सही अब उसने हमसे बजट मांगा है पार्शल बजट पूछा है कब से कब तक का बजट बनाना है प्रिपेयर अ मंथ बाय मंथ बजट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स फॉर द मंथ फ्रॉम जनवरी टू मार्च तीन महीने का बजट बना के दिखाना है उसको तो हमने यहाँ पर जनवरी ले लिया फैब ले लिया और मार्च और यहाँ पर हमें अक्टूबर तो हम के अंदर टेन परसेंट तो कैश सेल्स हो जाएंगे वो तो अक्टूबर में ही चली जाएंगी हमारे लिए अक्टूबर रेलिवेंट नहीं है हमें तो जनवरी फेबर मार्च में दिखानी है ना अच्छा अक्टूबर की जो सेल्स है उसका नाइनटी परसेंट हमारे पास क्रेडिट सेल्स होगा और उसमें से नाइंटी परसेंट में से फिफ्टी परसेंट जो है वो नवंबर में पे होगा थर्टी परसेंट जो है वो दिसंबर में पे होगा वो भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है और फिफ्टीन परसेंट कब पे होगा जनवरी के अंदर तो अक्टूबर की सेल्स हमने उठाई अस्सी हजार उसका क्रेडिट लिया नाइंटी ये क्रेडिट सेल्स आ गई और 15 परसेंट हमें कब कलेक्ट होगा जनवरी के अंदर वो 15 परसेंट हमने निकाल लिया फाइंड आउट 15 परसेंटेंड एट हंड्रेड टेन थाउजेंड एट सही अक्टूबर हो गया अब नवंबर पे आ जाए नवंबर की कैश सेल्स नवंबर में होगी नवंबर की क्रेडिट सेल्स दिसंबर में उसके बाद जनवरी में और उसके बाद फेब में इसका मतलब है दो मरतब आएंगी तो नवंबर की जो हमारे पास क्रेडिट सेल्स बनेगी वो कितनी बनेगी सिक्सटी थाउजेंड का नाइन्टी परसेंट का थर्टी परसेंट और सिक्सटी थाउजेंड का नाइनटी परसेंट का फिफ्टीन परसेंट तो नवंबर का नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी में कितना आएगा और फेब में कितना आएगा टू हंड्रेड टू थाउजेंड फोर थर्टी टू फोर थ्री जीरो जी सही है नवम्बर हो गया आप दिसंबर पे आ दिसंबर में टसेंट कैश सेल दिसंबर में जाएगी और उसके बाद जैन फेब मार्च तीनों में आएगा फोर्टी थाउजेंड का नाइनटी परसेंट का फिफ्टी परसेंट एटीन थर्टी परसेंट फोर हंड्रेड एंड एट हंड्रेड टेन आठ सौ दस आठ सो दस सही तो ये दिसंबर भी कवर हो गया अब बचा जैन मार्च तो जनवरी का टेन परसेंट जनवरी में आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड का फिफ्टी थाउजेंड की कैश सेल्स टेन परसेंट कैश सेल्स होती हैं जनवरी में आ गया फिफ्टी थाउजेंड का नाइन्टी परसेंट का फिफ्टी परसेंट ये फैप में आएगा कितना होगा 22, और इसी थर्टी परसेंट निकाल लोजेंड से टेन परसेंट निकालो सिक्सटी थाउजेंड का टेन परसेंट सही है आप का 90 निकाल के उसका 50 निकालो फैब कवर हो गया मार्च जो, मार्च की कैश सेल्स टेन परसेंटी आगे तो नहीं आएगा ना क्योंकि हम तो बजट बना रही, रही है आफ्टर मार्च। अब जैन की कुछ हमारे पास आ गई, गई, गई, फेब फेब, की की आ गए, मार्च की आ आ मार्च मार्च। इन सब को प्लस कर लो जैन को प्लस कर कर लो लो वर्टिकली। पहले सारी चीजें, फिर फिर उसके बाद मार्च। जैन का आ रहा है 49, 000. 49, 000. जी। मिनट। forty nine thousand फेब का thirty four thousand three thirty three thirty और मार्च का forty three thousand five sixty ये टोटल बज रिक्वायरमेंट पूरी हो बजट बन गया ठीक है तो इस बजट को बनाने का हमें फायदा क्या होगा इस बजट को बनाने से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिसीट्स और पेमेंट्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं तो हमें अपनी कैश को प्लान करने में आसानी होती है सरप्लस आएगा तो डिसाइड करने में आसानी होती है कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और अगर डेफिसिट आएगा तो डिसाइड करने में आसानी होती है कहां से कैश रेस करना है और अगर डेफिसिट आ रहा होगा तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर को किस तरह से मिनिमाइज करें ताकि हमारा ये डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो जाए ठीक है अब चलते हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के ऊपर कैश को मैनेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तो अगर ऑर्गेनाइजेशन कैश को प्रॉपरली मैनेज नहीं करती तो उसे प्रॉब्लम ये होता है कि बज दफा ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कम हो जाता है शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और बाज दफा ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस कैश जमा हो जाता है जिसे अगर वो टाइमली डिपॉजिट ना करवाए तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कैश शॉर्टेज हो जाती है या कैश का सरप्लस आ जाता है जिसके ऊपर हमें अगर हम इन्वेस्ट ना करें तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इंटरेस्ट लॉस्ट जो इंटरेस्ट हम कमा सकते थे वो इंटरेस्ट हमने लॉस कर दिया दिस इज द रीजन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान करती है कि यार उनको कैश कितना रखना चाहिए अपने पास जैसे हमने इन्वेंटरी के बारे में क्या पढ़ा था इन्वेंटरी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर कम इन्वेंटरी रखते हैं तो स्टॉक आउट हो जाता है ज्यादा इन्वेंटरी रखते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या किया जाए तो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि इन्वेंट्री हमें इतनी रखनी चाहिए कि हमारी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए वो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए है? इसी तरह जब हम कैश की बात करते हैं तो कैश मैनेजमेंट के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं सिलेबस के अंदर जो हमें गाइड करते हैं कि हमें कितना कैश रखना चाहिए पहला मॉडल है विच इज कॉल्ड मिलर और मॉडल और दूसरा है विच इज कॉल्ड बॉमल्स मॉडल ये दो कैश मैनेजमेंट मॉडल्स हमारे सिलेबस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कोई ना तो ये दोनों कैश को मैनेज करने की हमें तरीके बता बताते हैं मॉडल इसके जो फॉर्मूले हैं एक फार्मूले को छोड़ के बाकी फार्मूले जो है ना एग्जाम में शीट में प्रोवाइड किए जाते मेर और मॉडल जो है उसने जो मॉडल बनाया मैं पहले उसका एक ग्राफ बनाता हूं, कि उस मॉडल की लॉजिक क्या है उस मॉडल में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को यह पता होना चाहिए कि उसके पास उसे मैक्सिमम कितने कैश की जरूरत होती है और ऑर्गेनाइजेशन को यह पता होना चाहिए कि उसे मिनिमम कितना कैश रखना है यानी कि ये मॉडल हमें कहता है कि आप ये फाइंड आउट कर लें आपके पास मिनिमम कैश कितना होना चाहिए और इन दोनों के दरमियान कहीं बीच में आसपास ना एक line होती है which is called return point. सही अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा होगा कभी कैश आ रहा होगा कभी कैश जा रहा होगा तो इट वुड बी लाइक की कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रही होगी देखो कभी एक वक्त आएगा कि कैश पे पहुंच जाएगा अपर लिमिट के ऊपर पहुंच जाएगा इसको मैक्सिमम कैश को अपर लिमिट भी कहते हैं जब कैश अपर लिमिट पे ना तो वो हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन बताएगा एक इंडिकेटर बताएगा कि यार कैश को कम होना चाहिए कैश तो बढ़ता जा रहा है हमारे पास सरप्लस कैश जमा हो रहा है तो हम यहाँ पर एक डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन क्या होगा हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बाय कर लेंगे ये शॉर्ट हो कम होके रिटर्न पॉइंट के, के आस पास आ जाएगा तही? फिर वो इसी तरह से मूव होता रहेगा फिर अचानक से क्या हुआ कि कैश मिनिमम पे आके जब, जब कैश मिनिमम पे आएगा तो इसका मतलब हमें कैश की जरूरत है कैश कम हो रहा है हमारे पास तो जो हमने सिक्योरिटीज खरीदी होंगी ना वो सिक्योरिटीज हम बेच देंगे सही है जब सिक्योरिटी बेचेंगे तो कैश दोबारा कहाँ आ जाएगा रिटर्न पॉइंट पे आ जाएगा सही है तो इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो कैश होना चाहिए ना वो रिटर्न पॉइंट के आसपास होना चाहिए अगर वो रिटर्न पॉइंट से अपर लिमिट पर पहुंच जाए तो आप एक एक्शन लेंगे क्या एक्शन लेंगे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बाय कर लेंगे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब वो सिक्योरिटीज जिसको इजिली कैश में बाद में कन्वर्ट करवाया जा सकता और अगर कैश लोअर साइड पे जाएगा तो हम अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होंगी तो हम वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सेल कर देंगे ताकि हमारे पास जो भी पैसों की कमी है वो पूरी हो जाए ठीक है अच्छा इस मॉडल के अंदर जो डिफरेंस है कितना अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है ना इसके लिए इसने टर्म इस्तेमाल की है इसको कहते हैं स्प्रेड फॉर एग्जाम्पल अगर अपर लिमिट है बीस हजार और लोअर लिमिट इसने रखी है आठ हजार तो स्प्रेड कितना होगा तो बारह हजार का ये स्प्रेड क्या बता रहा है ये स्प्रेड ये बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये एग्जाम में हमें कैलकुलेट करने को दिया जाएगा कि अपर स्प्रेड निकालो ये स्प्रेड कितना है तो स्प्रेड निकालने का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको एग्जाम के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा कि स्प्रेड किस तरह से निकालता है फॉर्मूला इसके जो भी एग्जाम में प्रोवाइड किए जाएंगे वो मैं दे रहा हूं उन फॉर्मूलों को मैं से एक फार्मूला याद करना है बाकी कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला दिए पहला फॉर्मूला स्प्रेड निकालने का फॉर्मूला स्प्रेड निकालने के लिए ये फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है ब्रैकेट के बाद अपॉन फोर ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो के साथ और नीचे डिवाइड हो रहा है इंटरेस्ट रेट ये जो इंटरेस्ट रेट है यह इंटरेस्ट रेट होने चाहिए पर डे पर डे इंटरेस्ट रेट होने चाहिए और यहां पर ये हो रहा है वन अपॉन थ्री जब हमारे पास स्प्रेड आ जाता है ना तो स्प्रेड आने के बाद फिर हम क्या निकालते हैं रिटर्न पॉइंट उसका फॉर्मूला है लोअर लिमिट ये एग्जाम में गिवन होगी और वन थर्ड ऑफ स्प्रेड, तो लोअर लिमिट फाइंड आउट रिटर्न पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्प्रेट निकालना पड़ेगा ठीक है और अगर मुझे अपर लिमिट निकालनी है तो अपर लिमिट के लिए मुझे लोअर लिमिट गिवन होगी, स्प्रेड मैंने निकाल लिया होगा, उन दोनों को प्लस करूंगा तो अपर लिमिट आ जाएगी रिटर्न से तो so, इसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला एग्जाम में गिवेन होंगे ये सारे फॉर्मूले को हमें सिंपली क्या करना है फॉर्मूला में अप्लाई करना है तो so, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं क्या चीज हाँ ये प्रोवाइड किया जाएगा मैं भी देता हूँ एक सवाल ना मैं डिस्कस कर इसका मतलब भी बताता हूँ कि क्या है क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं दिया जाता एग्जाम में बल्कि फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना होगा फॉर्मूला अप्लाई कैसे कर रहा है ये उसके ऊपर हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्वेश्चन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 एंटिटीज कैश फ्लो हैज डेली स्टैंडर्ड एवियशन ऑफ थ्री हंड्रेड एंड डेली वेरियंस इज नाइंटी थाउजेंड वेरियंस अगर ना दिया हो ना तो दियाशन को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उसका आंसर वेरियंस के बराबर आ जाता है अगर कभी सवाल में ना दिया हुआ तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है डॉलर फाइव क्शन कॉस्ट आ गई डॉलर एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है 12%. पर डे निकालना तो पर डे निकालने के लिए क्या करेंगे ट्वेल्व परसेंट पर है ना मैं ना पर डे निकालना है तो उसे थ्री सिक्सटी फाइव से डिवाइड कर तो ये कितना बना 0.033 पॉइंट जीरो थ्री थ्री परसेंट क्या निकालना है कैलकुलेट द स्प्रेड द अपर लिमिट द रिटर्न पॉइंट एंड हाउ मच मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अकाउंट्स वेन द अपर एंड लोअर लिमिट्स आर रीच्ड तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो क्या करना है स्प्रेड निकालना है क्या फॉर्मूला था इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला थ्री थ्री अपॉन फोर को कहते हैं राइट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी सवाल में पांच वेरिएंस कितना था नब्बे हजार इंटरेस्ट रेट पर डे जीरो परसेंटेज अच्छा इसमें पहले क्या सॉल्व होगा पहले ये सॉल्व होगा फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे उसके बाद इसके ऊपर पावर लगा के फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करो सिक्स वन ये ये पूरे का का का आंसर आंसर है है जी है? जी यानी कि एक दफा दोबारा जो ना जो रेकेट वाला आंसर है ना जी क्योंकि इसका आंसर जो आएगा ना स्प्रेड आएगा थ्री जीरो टू थ्री चाहिए थ्री जीरो आंसर ये नीचे डिवाइड किससे किया है जीरो पॉइंट जीरो परसेंटेज का मतलब ये होगा नीचे वाली जो फिगर होगी ना परसेंटेज में लाने का मतलब है ये होगी 0.033 पॉइंटेड बाई हंड्रेड पॉइंट जीरो परसेंटेज के बगैर तो ये बनती है फिगर पॉइंट डिवाइडेड बाय सही आ गई अच्छा का फॉर्मूला लगा देते हैं <laughs> रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला था लोअर लिमिट लोअर लिमिट थी पंद्रह सौ और वन थर्ड ऑफ स्प्रेड इसको सॉल्व करो टू फाइव जीरो टू फाइव जीरो एट का रिटर्न पॉइंट है, है? और अपर लिमिट कितनी होगी अपर लिमिट है लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड इन दोनों को प्लस कर लो फोर्टी फाइव टू थ्री फोर्टी फाइव टू थ्री आ गया आंसर आप अगर इसका मुझे स्केच बनाना है ना तो इसका स्केच के अंदर अगर मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ करूं, तो लोअर लिमिट आ गई फॉर एग्जाम्पल 1500। अपर लिमिट हमारी आ रही थी फोर फाइव टू थ्री और रिटर्न पॉइंट हमारा आ रहा था टू फाइव जीरो एट अब होगा बता क्या ये अगर यहां मूव कर रहा है अगर ये कैश यहां पहुंचेगा 4523 पर तो हम कितनी सिक्योरिटी बाय करेंगे हम सिक्योरिटी बाय करेंगे 4523 फाइव माइनस टू और उसके बाद ये फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगी अगर ये यहाँ पहुँच गया तो हम कितनी सिक्योरिटी सेल करेंगे इसके इसके अंदर अंदर ये जो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है है है और वेरिएंस वेरिएंस रखा गया है, इसके अंदर का मतलब होता वेरिएशन जितना हमारे पास कैश के अंदर वेरिएशन ज्यादा होगी ना ऊपर तो नीचे जो हो रहा है दिस वेरिएशन जितना हमारे पास वेरिएशन ज्यादा होगी उतने चांसेस ज़्यादा होंगे कि कि ये ये कभी कभी ऊपर लिमिट लिमिट को करेगा, कभी लिमिट को टच टच करेगा, करेगा। लोअर इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हाई वेरिएशन होगी ना, उतना स्प्रेड भी हाई रखना चाहिए ताकि ये बार बार बाय और सेल ना करना पड़े क्योंकि अगर बार बार बाय और सेल करेंगे तो जब भी कोई चीज बाय की जाती है और कोई चीज सेल की जाती है तो उसकी एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी इसलिए इसके जो स्प्रेड का ताल्लुक है वो दो चीजों से है कि आपकी वेरिएशन कितनी है और आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई है या लो है सो so अगर वेरिएशन ज्यादा होगी तो स्प्रेड ज्यादा होगा अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी तो स्प्रेड ज्यादा होगा सही?